तरक्की इतनी करनी है मेरे दोस्त कि सांस चले या ना चले पर नाम चलता रहना चाहिए अल्लाह नाम सदा चल